मैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं फरवरी माह के राशिफल के इस कार्यक्रम में दर्शकों आज हमारी चर्चा का विषय है कि मेष राशि के जातकों का नए साल का दूसरा माह अर्थात फरवरी क्या क्या नए नए अवसर लेकर के आया हुआ है क्या क्या आप लोग दिव्य उपाय इस माह में करें कि ये माह आपके लिए उम्मीद से बढ़ रहे क्योंकि दर्शकों काफ़ी कुछ जो है परिवर्तन हो चुके हैं ग्रहों के शनि देव ने भी जो है स्वग्रही अपने घर के आ गए हैं देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन हो चुका है तो ग्रही स्थिति क्या कहती हैं इन सब विषयों पर प्रकाश डालेंगे दर्शकों आगे बढ़ें उससे पहले फरवरी माह के आखिर में प्रमुख व्रत एवं त्यौहार कौन कौन से हैं इस पर भी एक दृष्टि डाल लेते हैं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 तो आगे बढ़ते हैं अब और मेष राशि के जातकों के लिए फरवरी का ये माह क्या कुछ नई सौगातें लेकर के आया है इस पर हम चर्चा करते हैं तो देखिए मेष राशि के जो हमारे दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि कैरियर के लिहाज से फरवरी का जो ये महीना रहेगा थोड़ी सी धीमी शुरुआत लेकर के आया है हालांकि जैसे ही 13 तारीख को सूर्य देव का गोचर होगा कुंभ राशि में तो आपकी अभिलाषाओं को आपकी आकांक्षाओं को नए पंख लगेंगे कोई नई नौकरी का कोई नए रोजगार का सृजन होगा 8 फरवरी को मंगल का गोचर बिजनेस के क्षेत्र में आपके लिए काफी अनुकूल रहने वाला है और इससे आपको लाभ होगा फरवरी का ये मास शिक्षा के मामले में काफ़ी आपके लिए भाग्यशाली रखेगा उच्च शिक्षा के लिए जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं और किन्हीं कारणवश इनको कोई परेशानी आ रही थी तो ये परेशानी अब इनके मार्ग से हटने वाली है और इनको उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाने के लिए कोई मौका कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकता है साथ ही आप अपने बच्चे का यदि एडमिशन किसी प्रतिष्ठित कॉलेज में संस्थान में आप कराना चाहते हैं तो आप लोग करा सकते हैं साथ ही साथ संतान की वजह से मेष राशि के जातक फरवरी माह आपके लिए याद किया जाएगा तो कोई संतान आपका ऐसा जो है काम करेगी कि आप जो है फेमस हो जाए साथ, साथ आप इस माह कुछ खोजी प्रवृत्ति के होंगे जो लोग अनुसंधान करते हैं जो लोग लेखक हैं उनके लिए ये माह काफ़ी अच्छा रहने वाला है पारिवारिक जीवन की यदि हम बात करें तो महीने का पुर्वार थोड़ा सा कमजोर रहेगा कुछ किसी बात पे लेकर के आप लोगों के घर वालों के बीच सहमति नहीं बनेगी लेकिन उतरार थोड़ा सा सुकून देने वाला रहेगा जीवन साथी के साथ जहां कुछ मतभेद आपके उभर करके सामने आएंगे वहीं आपके माता पिता का स्वास्थ्य फरवरी माह में उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है जो लोग सिंगल हैं इनके जीवन में प्यार की दस्तक हो सकती है जी हाँ हमने लव राशिफल भी मेष राशि के जातकों का 2020 बनाया है आप लोग जा कर के देख सकते हैं कैरियर राशिफल 2020 इंडिविजुअल बनाए हैं आप लोगों के लिए जा कर के देख सकते हैं उसके उपाय कर सकते हैं साथ ही साथ आर्थिक राशिफल भी मेष राशि के जातकों का हमारे चैनल पर पड़ चुका है और वार्थिक राशिफल 2020 मेष राशि के जातकों का विस्तृत हमारे चैनल पर पढ़ा है आप लोग इसको जा करके देख सकते हैं और लाभ ले सकते हैं देखिए दर्शकों यहाँ पर सिर्फ काम की बातें की जाती हैं फालतू की इधर उधर की कोई बात करके वीडियो को नहीं बड़ा किया जाता है ताकि आप लोगों का समय बचे समय आपका नष्ट ना हो और एक बात और बताएँ दर्शकों की जो फेक टाइप के वीडियो हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा फलाना होगा धमाका होगा ऐसे वीडियो से आपको बचना रहेगा तो दर्शकों दांपत्य जीवन में उत्तरार्ध में खुशियों की दस्तक आएगी इस माह को जो है आपको संतान प्राप्ति के योग दिखा रहे हैं आपके घर में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है आपकी आंगन में किलकारियां गूंज सकती है एक बात और बताएं दर्शकों इस माह आप लोग अपने पार्टनर को कुछ एक्सपेंसिव गिफ्ट वगैरह भी देते हुए नजर आ रहे हैं बुद्ध की एकादश भाव में स्थिति आपको आर्थिक रूप से इस महीने अच्छा दिला सकती है वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से फरवरी का यह माह मेष राशि के जातकों के लिए थोड़ा सा कम अनुकूल रहेगा विशेषकर 8 फरवरी तक वही इस माह हमने आपको बताया कि बुद्ध धन आगमन करवाएंगे तो व्यावसायिक सफलता भी मिलेगी आप लोगों ने यदि व्यवसाय में अपना पैसा इन्वेस्ट किया होगा शेयर मार्केट में किया होगा तो आपको लाभ मिलेगा दुर्घटनाओं से दैवीय बचाव होगा कोई दैवीय शक्ति होगी जो दुर्घटनाओं से आपको बचा सकती है कोई यदि आपकी चीजें खो गई थी कोई खोई हुई वस्तु की प्राप्ति इस माह होगी तो फरवरी माह में वो आपको मिलेगी दाम्पत्य एवं पारिवारिक जीवन में सुख रहेगा संतान के दायित्व की आप लोग पूर्ति करेंगे इस माह कोई नया भूमि भवन वाहन या कोई नया फ्लैट या कोई नया भवन आप खरीद सकते हैं और एक बात बताएं सरकारी क्षेत्र में जो आपके विरोधी आपके खिलाफ सर उठा करके बोलते थे तो फरवरी माह विरोधी आपके परास्त होंगे आपके आगे नतमस्तक होंगे फरवरी माह में पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी फरवरी माह उच्च अधिकारियों से कोई आपको इनाम मिल सकता है आपके जो काम सरकारी क्षेत्र के रुके हुए थे जो अनुबंध आपके रुके हुए थे वो अनुबंध आपके पूर्ण होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं इस माह सामाजिक कार्यों में आप लोग समय देंगे धर्म कर्म के कामों में आप लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे सूर्य तथा मंगल के अरिष्ट गोचर से नए अनुबंधों के क्रियान्वयन में बाधाएँ आएंगी लेकिन वो फिर चली भी जाएँगी आपके ऊपर कोई मिथ्या अपवाद भी इस माह लग सकता है स्थल पर अथवा कार्यभार में परिवर्तन के योग बन रहे हैं कुछ वरिष्ठों से मतभेद होंगे मांगलिक कार्य थोड़े बहुत आपके हो सकते हैं आपको अरिष्ट निवारण के लिए सूर्य देव को नित्य अर्घ देना रहेगा और गायत्री मंत्रों का जाप सूर्यदेव के समक्ष करना रहेगा मंगल के मंत्रों का आपको जाप करना रहेगा लाल वस्तुओं का आपको दान देना रहेगा एक बात और बता दें कि मंगलवार वाले दिन घी का चांदी की जो वर्क होती है बनी होती है इसका दान और दूसरा चमेली के तेल का दान आप लोग धर्म स्थान पर जरूर करिए इस माह के लिए सर्वथा जो शुभ दिवस रहेंगे आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठे ही होंगे तो नोट कर लीजिए अपने मोबाइल में रिमाइंडर लगा दीजिए आपके लिए सबसे लकी डेज रहेंगे तो पाँच तारीख ग्यारह तारीख तेरह तारीख बीस तारीख इक्कीस तारीख बाईस तारीख तेईस तारी, तारीख छब्बीस तारीख अट्ठाईस तारीख उन्तीस तारीख सर्वथा शुभ दिवस रहेंगे आप लोग इसमें अपने शुभ कार्यों को कर सकते हैं वहीं हम आपके यदि प्रतिकूल दिवस की बात करें तो तीन तारीख है सात तारीख है नौ तारीख है पंद्रह तारीख है अट्ठारह तारीख है पच्चीस तारीख है ये आपके लिए सबसे ज्यादा प्रतिकूल दिवस रहेंगे आपके जो इस इसमांस सर्वथा भाग्यशाली कलर रहेंगे ये रेड कलर रहेगा पिंक कलर रहेगा येलो कलर रहेगा वहीं यदि आप लॉटरी वगैरह लेते हैं फॉरेन से हैं तो भाग्यशाली अंक की बात करें तो अंक एक और अंक आठ ये दो अंक ऐसे रहेंगे जो आपके लिए सर्वथा भाग्यशाली रहेंगे एक उपाय आपको और बता देते हैं प्रतिदिन अपने मस्तक पर केसर या हल्दी का तिलक आपको लगाना रहेगा सूर्यदेव को जब आप अर्घ देंगे तो उसका एक ध्यान ये रखिएगा कि तांबे के पात्र में जल में कुमकुम मिला करके और तब भगवान भास्कर को आपको अर्घ देना रहेगा ये आप लोग उपाय करिए निश्चित आपको सफलता मिलेगी इसमें कोई संदेह ही नहीं है वार्षिक राशिफल 2020 हमारे चैनल पर पड़ चुका है अंक ज्योतिष के अनुसार राशिफल भी हमारे चैनल पर पड़ चुका है जो भी हमने भविष्यवाणी की थी वो भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक होती है सत्य होती है आप लोग हमारे चैनल पर जाकर के हमारे निष्पक्षता की आप लोग जाँच कर सकते हैं जो भी ग्रहों का गोचर और परिवर्तन है जैसे शनि का राशि परिवर्तन है इससे संबंधित हमने वीडियो अपने चैनल पर डाल दिया है लग्न के अनुसार शनि का राशि परिवर्तन पड़ा हुआ है और राशि के अनुसार भी पड़ा हुआ है आप दोनों लोग जा करके देख सकते हैं अपनी जन्म कुंडली का यदि विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं दिल्ली आगमन हो रहा है वहां पर भी आप लोग हमसे मिल सकते हैं साथ ही साथ दर्शकों बताए कि मेष राशि जो है यह करोड़ों लोगों की है तो आप लोगों के वास्तविक जीवन में क्या चल रहा है ये इससे पता नहीं रहेगा इससे पुष्टि नहीं होगी तो आपको करना क्या रहेगा कि आप अपनी कुंडली जो आपकी डेट ऑफ बर्थ जो आपकी टाइम जो आपकी बर्थ प्लेस है आप लोग उसको भेज दीजिए और एक शुल्क है उसके माध्यम से आप आइए और हम हाँ, चूँकि हमारा समय देखिए बड़ा इम्पॉर्टेंट रहता है बहुत लोग जो है समय लेते हैं तो हर एक व्यक्ति के समय की वैल्यू होती है समय की कीमत होती है तो आप लोग आइए बहुत ही मिनिमम फ़ीस रखें हमको लगता है कि यूट्यूब पर सबसे जो कम फीस है वो हमारी है और क्योंकि हम कोई यहाँ पर बिजनेस करने नहीं बैठे हैं लेकिन जो है समय की बहुत ज़्यादा जो है हमारी डिमांड रहती है तो आप लोग अपनी अपनी कुंडली का हमसे विश्लेषण करवा लीजिए और भी अच्छे उपाय आप पा सकते हैं कैसा लगा हमारा ये प्रोग्राम कमेंट के माध्यम से बताइए और कमेंट में जय श्री राम का आप लोग उद्घोष जरूर कीजिए जाते जाते आप सभी लोगों से विदा लेते हैं दीजिए इजाज़त मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार